डॉट लाइक एन ऑफकोर्स माई मैन सिट फ्रॉम सोल मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा सिड सोल का परफॉर्मेंस जो हम सोल को जानते हैं not uh, come up to that uh, level. So what's really not clicking right now? I mean जो पहले वाले इसके इवेंट हम लोग जीते थे वहाँ पे लॉबी थोड़ी ईजी थी ये वाली लॉबी थोड़ी हार्ड है इसके लिए हम लोग सेकेंड आ गए But we are we are aiming for the trophy anyway. So trophy ट्रॉफी मेरे बाजू में भी है तो लेट्स Lots of more days to go. So. Now is is saying essentially is the trophy Mere hai, matlab, soul ke mein bhi hai. Uh, On that very note Ghatak, God -like ka performance uh, fan favorites jo hai dekhna, wo us level par abhi tak, uh, perform कर पाए हैं सो व्हाट्सिंग लैकिंग पॉइंट तो कुछ बोल नहीं सकते अभी नया एडिशन हुआ है हमारे टीम में शैडो का एंड थोड़ा एक टाइम लगेगा इनर्जी बिल्ड करने के लिए 22 दिन का इवेंट है तो होपफफुल आज वो दिन हो जहाँ पे हमारी टीम का एकदम प्रॉपर्ली कम हो जाए एकदम माइंडसेट भी अच्छा है थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हो रही थी आपने अगर सारे मैचेस प्रॉपरली फॉलो किए होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि फोर वी फाइट्स अच्छे से निकाल रहे हैं, बट थोड़ा सा वही है कि एक नई टीम है थोड़ा सा एक इनर्जी और कॉर्डिनेशन ढंग से बैठ जाएगा ना तो मज़ा आएगा आगे के मैचेज देखने के लिए एंड येस देखते हैं अभी ये ट्रॉफी कौन जीतता है वेल यू वर्ड इट और मज़ा आएगा से तो मेरे को एक जो a question hai wo ye hai ki sir aap dono you have a long history going back so one thing i would be very happy to know is what you appreciate about the man standing on my left most side oh you put okay um i think i appreciate the fact that you know he holds the team together he's been holding the team together for a long time the team hasn't been performing well even then there are not a lot of roster changes so i think that is something i appreciate Well, there there you have it. घातक मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा सिड के बारे में आपका जो सबसे ज्यादा अप्रीसीशन पॉइंट है वर्ड इज दैट वन थिंग अप्रिसिएशन पॉइंट अगर सिड के बारे में बोलूँगा तो उसका टॉकिंग स्किल्स जो उसका मतलब जैसे वो बात करता है बाकी वैसे नहीं मतलब कुछ पता नहीं है You know, shots fired all the time while the interviews are happening right here. But it's time we take a short break, and on the other side of the break, live action resumes. Do not go anywhere. This is Star Sports.